फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि वीडियो का सी कैसे चेक करें अपने वाई स्टूडियो में जाना है जाने के बाद में वीडियो सेलेक्ट करना है सेलेक्ट करने के बाद में वीडियो गो टू एनालिटिक्स में जाना है और यहाँ जाने के बाद में ये आपका क्लिक है थ्रो इम्प्रेशन रेट ये आपका सी है तो वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें